इसकी भी एक अपनी आप में खासियत है कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होते हैं जो पुराने रेजोल्यूशन पास होते हैं उन्हीं पे बात होती है उन्हीं पे बात चलती है लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि चौथा सेशन इसलिए खास था कि पहला ब्रिटिश आदमी जॉर्ज यूल करके प्रेसिडेंट बनता है कांग्रेस का अगर की डेथ हुई थी वही थी अट्ठारह सौ क्रांति जो अट्ठारह की क्रांति जिसके बाद कंपनी का राज खत्म होकर ब्रिटिश क्राउन का राज आया था तो इनके फादर सेना मित्र अगर आप इनका पढ़ें तो हाँ ये एक काफ़ी अच्छे नेता के रूप में जाने जाएंगे क्योंकि इन्होंने आज़ादी की बात तो कभी नहीं की इन्होंने बात करी थी डोमिनेंट स्टेटस ये इस चीज में विश्वास रखते थे क्योंकि इंग्लैंड बहुत दूर पड़ता है भारत से तो डामिनेंट स्टेटस दे दिया जाए मतलब नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिक पे तो आप जानते जैसे कि आप जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है और हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं अपने सीरीज द इंडिया फाइल्स के नए एपिसोड के साथ जिससे पहले कि वीडियो शुरू करें तो हमने पिछली जो वीडियो में सवाल किया था उसका जवाब दे देते हैं पिछली वीडियो का सवाल था कि वेन वॉस राजगुरु बॉन या राजगुरु जी कब हुआ था तो राजगुरु जी का जन्म 24 अगस्त 1908 को खेड़ एक जगह है रत्नागिरी के अंदर महाराष्ट्र में वहां हुआ था और इनका पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु और आज की वीडियो का प्रश्न ले लीजिए वो है कि वेनबोस लाला जी लाला लाजपत राय जी बॉन या लाला लाजपत राय जी का जन्म कब हुआ तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम कांग्रेस पे बात कर रहे हैं और हम आगे बढ़ें फिफ्थ सेशन पे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें अगर आप हमें मोनिट्री टर्म्स में क्या कहते हैं हेल्प करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे पेपाल और पेट्रोल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उससे कर सकते हैं तो चलो अब बात करते हैं फिफ्थ सेशन फिफ्थ सेशन होता है मुंबई में फिर से पांचवा सेशन एक बार होता है फिर से वही बॉम्बे में उस समय के और 26 दिसंबर अट्ठारह यानी एटीन में होता है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 अट्ठारह सौ नवासी का सेशन भी खास है क्योंकि इसमें दूसरा ब्रिटिश नागरिक कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है उनका नाम होता है सर विलियम बर्न कांग्रेस के ये चुने जाते हैं ये संस्थापकों में से एक थे संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य ये भी थे के साथ जो जिन, जो जिन ब्रिटिशर्स जिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इनकी मदद की थी ज़्यादातर रिटायर्ड अधिकारी थे और इन्होंने ये बनाया था आए इस सेशन में ऐसा तो कोई खासियत नहीं थी लेकिन सर विलियम वेटरबर्न की काफी खासियत थी वो उनका ये जन्म 25 मार्च 1938 में हुआ था ये एक अच्छे खासे परिवार से थे इनके पिता भी नेता थे इनके बड़े भाई भी नेता थे और ये सबसे छोटे लड़के थे इनके भाई की मृत्यु के बाद 1893 में यानी कि 1893 में ये पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। और उसी सीट से बनते हैं जहां से इनके भाई बनते थे और ये इनका जन्म ईडनबर्ग में हुआ ये ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट थे ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट भी थे और एक पॉलिटिशियन थे जो कि लिबरल पार्टी से थे लिबरल पार्टी एक पार्टी है वहाँ की ब्रिटिश की उसके उसी के थ्रू ये एमपी बने थे ये 1860 सौ साठ में इंडियन सिविल सर्विसेज में एंटर हुए अब होता क्या था कि पे, वहाँ पे कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की अलग अलग कॉलोनीज थी जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी और भी कॉलोनीज थी तो उनके लिए अलग अलग आपको एग्ज़ाम देने पड़ते थे जैसे आप ब्रिटिश सिविल सर्विस में हो गए फिर आपको पोस्टिंग कहाँ लेनी है तो हुआ क्या था कि इनके फादर की डेथ जो हुई थी वही थी अट्ठारह सौ के क्रांति जो 1857 की क्रांति जिसके बाद कंपनी का राज खत्म होकर ब्रिटिश क्राउन का राज आया था तो इनके फाथर सेना में थे और उत्तर समय अधिकारी थे और एक नेता भी थे तो वो यहाँ पे थे तो वो मारे गए थे ये आते हैं इन्होंने काफ़ी उसमें सर्व करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं जिला जज बने बॉम्बे में जुडिशल कमिश्नर बने सिंध में और इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ़ बॉम्बे गवर्नमेंट की तरीके एक्ट भी किया और 1885 से जब तक इनका रिटायरमेंट हुआ तब तक ये जज ऑफ द बॉम्बे कोर्ट के तरह इन्होंने काम भी किया एक्ट act किया एक्टिंग जज थे इनका रिटायरमेंट हुआ अट्ठारह में मतलब दो साल ये जज की तरीके एक्ट करते रहे उसके बाद अट्ठारह में ये प्रेसिडेंट बना दिए गए अगर आप इनका पढ़ें तो हाँ ये एक काफ़ी अच्छे नेता के रूप में जाने जाएंगे क्योंकि इन्होंने आज़ादी की बात तो कभी नहीं की इन्होंने बात करी थी डोमिनेंट स्टेटस ये इस चीज़ में विश्वास रखते थे क्योंकि इंग्लैंड बहुत दूर पड़ता है भारत से तो डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाए मतलब सरकार यहाँ पर बनवा दी जाए भारतीयों की जो भारत की सरकार होगी भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई होगी लेकिन उसको जब कुछ काम करना होगा अपने देश के लिए तो ब्रिटेन से परमिशन लेने जो इनका महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस के आप आरकाइव में जाइए कांग्रेस की ऑनलाइन साइट है आई इन करके उसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस को शर्म नहीं है कि एक ब्रिटिश आदमी को आप बना के अपना अध्यक्ष बना रहे हैं और आप ज्ञान क्या देखते हैं आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी जी नहीं दो बार यह आदमी बना है अट्ठारह और उन्नीस में ये आदमी बनता है दो बार दूसरी बार प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस और कोई महत्वपूर्ण नहीं इसमें कुछ ऐसा पास नहीं किया गया हां केवल क्या कहा गया कि फैमिलिन बहुत पड़ रहा है सूखा बहुत पड़ रहा है उससे दिक्कत हो रही थी इंग्लैंड को क्योंकि उनके टैक्स कलेक्शन में दिक्कत आ रही थी इन्हें भेजा गया था इनके लिए एक रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन एक्सपेंडिचर बनाया गया अट्ठारह में ये पता है क्यों बना था ये उसके सदस्य थे उसमें ये था कि यहाँ से टैक्स कम जा रहा है और खैर तो उसमें दादा दा भाई नेहरू भी थे तो उसमें और इनकी वजह से भी इनका भी कुछ योगदान मानूंगा मैं कि उसमें एक चीज़ का आया कि जो ए, क्या कहते हैं खर्चे का रेशियो है डिस प्रपोशनेट है इंग्लैंड में ज़्यादा पैसा जा रहा है इंडिया में कम लगाया जा रहा है जिससे कि जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत दिक्कत हो रही है भारतीयों को और इन्होंने इसीलिए मांग की थी कि डोमिनेंट स्टेटस की सरकार बनाई जाए जिससे कि जो टैक्स इंग्लैंड जाना चाहिए वो इंग्लैंड तो जाए लेकिन कुछ पैसा उसका भारत में लगे जिससे कि अंग्रेजों को राज करने में सहूलियत रहे और कुछ सहूलियतें यहाँ के लोगों को मिल जाए उसका कारण क्यों इतना दरिया एक अंग्रेज वो भी ऑफिसर जिसका बाप मारा गया हो एक नेता जिस, जिसके कि पिता की हत्या हुई हो वह भारतीयों के प्रति इतना इतना संवेदनशील ऐसे ही नहीं था साहब जहां से इंडिगो हो जाता था जो इंग्लैंड वगैरह में उग नहीं सकता था और इंडिगो की खेती में होता क्या है जहां पे एक बार इंडिगो उग जाता है वो खेत न केवल नीला पड़ जाता है बल्कि वो खेत किसी भी तरीके की खेती के लिए बेकार हो जाता है वहां कोई और चीज उग नहीं सकती सूखे की दिक्कत इसलिए थी क्योंकि इंडिगो जो था वो सब बहुत महंगा एक पदार्थ होता था जिससे कि पेंटिंग और ये ज, जैसे आप कलर देख रहे हैं कलर जो आता है वो उससे होती थी और वो रॉयल माना जाता काफी महंगी चीज होती थी इसलिए इन्हें चाहिए था कि सूखा ना पड़े उससे निपटने के तरीके करने थे इन्होंने कोई क्या कहते हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी उदारवादी इनकी नीति नहीं की ये चाहते थे कि तुम गुलाम बन के रहो तुम्हारी सरकार फैसला ले भी ले जब तक ब्रिटेन से परमिशन नहीं मिलेगी तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता है। और कांग्रेसी आज हमको सिखाते हैं कि हमने देश आजाद कराया है। आज कांग्रेस के ने नेता भारत जोड़ों की यात्रा निकालते हैं जिनके नाना ने इस देश के बंटवारे पर साइन किया था और कहा था कि हाँ इस देश का बंटवारा हम स्वीकार करते हैं किसी भारतीय ने नहीं स्वीकार किया था और बंटवारा भी ऐसा किया कि बंटवारे के बाद भी हिंदुओं को सबके साथ रहने पे मजबूर कर दिया और मुसलमानों के लिए अलग कर दिया मतलब मुसलमानों को जो दे दिया उसके सिवा भी हिंदुस्तान में उनका भाग रहेगा और यह हिंदुओं को सुनना पड़ेगा कि आज़ादी में हमारे बाप दादाओं ने खड़ग और ढाल उठाई थी तुम्हारे साथ नारे बुलंद किए थे क्या किया था हमने बंटवारा करने के बाद आपका हिस्सा आपके पूर्वजों ने लड़के अलग ले लिया तो आप वहां जाइए और अगर यहां रहते हैं तो आपको हिंदुओं के हिसाब से रहना होगा ये आपने माना था क्योंकि ये देश हिंदुओं को मिला था क्योंकि दो ही बड़े ग्रुप थे हिंदू और मुस्लिम तो मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था वो भी दो हिस्से दिया गया था बांग्लादेश आज कहते हैं एक हिस्से को और एक कहते हैं पाकिस्तान अगर आपको दिक्कत होती आप वहां जाइए यहां रहने की जरूरत नहीं यहां रहना है तो हिंदुओं के नियम से रहना इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर करें बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं आप इस चैनल श्रुतिक को देखते रहिए जो कि प्रखर और श्रुति अवस्थी के द्वारा चलाया जाता है तब तक के लिए अगली बार जब तक मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते जय हिंद वंदे मातम